सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो तभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो यही जिंदगी कुछ खाब चंद उम्मीदें इन्हीं खिलानों से तुम भी बहल सको तो